तेरे तेरे को जान जान की तलाश थी। मैं तुमसे। निसार चले गए हर रिश्ता खत्म तेरी राह राह में करते थे सर तलब। सरे गुजार चले गए। चले गए। चले गए। हर रिश्ता खत्म करना तेरी राह में करते थे